ऐसे ही मजेदार गाना सुनने के लिए एसएम बॉलीवुड म्यूजिक को सब्सक्राइब करें <SET> खयाली में भी तेरा ही छड़ना है जरूरी ए सवालिया खुशी थी। इसे में फासले तेरे दे थी इस तेरे ए मिसाला है। शहर की तरह उतर रहा है एक खयाली में भी तेरा ही ख्याल क्यू भी झड़ना है जरूरी ये संग एक दिन तू था गया संग ले गया अब तेरी कहानियां भी रहती हैं सुकूत खयाला है क्यूँ बिछड़ना है जरूरी ये सवाल है